दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं फोर्सेज के एक्स थ्री एंड एक्स फोर के बारे में एक्चुअली इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें से मैंने पूरा डिटेल में बताया था लेकिन वहाँ पर कुछ लोगों की क्वायरी रह गई थी कि सर मुझे एक्स थ्री एंड एक्स फोर का कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा है तो आप कृपया करके मुझे पेपर और डायरी में बताइए कि एक्स एंड एक्स का कॉन्सेप्ट है क्या तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में पूरा बताने वाले हैं कि एक्स एंड एक्स का कॉन्सेप्ट क्या है और सिर्फ और सिर्फ इसी के ऊपर डिपेंड करेंगे इसी के ऊपर मेरा पूर, पूरा पूरा वीडियो रहेगा कि एक्स थ्री एंड एक्स फोर क्या है और एक्चुअली कहा जाए तो फोरसेज का जो पूरा कॉन्सेप्ट ही है वो पूरी तरह से एक्स थ्री एंड एक्स फोर पर डिपेंड करता है तो यहां पर मैं इस वीडियो में आपको यहाँ पर डिटेल बताऊंगा और आपको कन्फर्म करना चाहूंगा कि इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपके मन से एक्स एंड एक्स का पूरा प्रोसेस समझ में आ जाएगा और आपके मन में कोई क्वायरी नहीं रहेगी इससे रिलेटेड और इनफैक्ट कहा जाए तो ये फोर्सेज का पूरा प्लान ही x3 थ्री एक्स, एक्स पर है अगर ये आपने समझ लिया तो फोरसेज का पूरा प्लान 90% आपको आपका क्लियर हो जाएगा तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं देख लेते हैं ये आखिर x3 थ्री एक्स, एक्स है क्या तो दोस्तों फोरसेज में जो वर्क होता है x3 थ्री एंड एक्स से होता है ठीक है और ये दोनों कॉन्सेप्ट के ऊपर प्लान पूरा रन करता है और प्लान फोर्सेज के बारे में और डिटेल जानकारी चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा वहाँ पर मैंने पूरा प्लान का डिटेल बताया हुआ है तो उसको आप पूरा प्लान एक बार देख लीजिएगा यहाँ पर मैं सिर्फ ये दो कॉन्सेप्ट के बारे में बात करने वाला हूँ जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि दो ही कॉन्सेप्ट पर पूरा प्लान है ठीक है तो चलिए हम स्टार्टिंग से बात करते हैं ये कंपनी में अगर आप ज्वाइनिंग लेते हैं फोर्थ में ये कंपनी ने एक्चुअली एक सिस्टम है और इस सिस्टम में अगर आप ज्वाइन लेते हैं तो आपको ज्वाइनिंग के टाइम यहाँ पर जो आपको अमाउंट लगता है ये यहाँ पर एक आपकी ज्वाइनिंग हो जाती है और आपकी ज्वाइनिंग की फीस कहूँ तो यहाँ पर इसकी ज्वाइनिंग फी होती है जीरो इथेरियम इसको शॉर्ट नेम कहते हैं ई ठीक है इतना से आपकी ज्वाइनिंग लगती है और अगर इसको इंडियन रुपीस में कहा जाए तो इसका ज्वाइनिंग फी होता है बारह ठीक है एक हजार दो सौ रुपए थोड़ा सा 100-200 रुपए आपको यहां पर ट्रांजैक्शन फी लगेगा जिसको नेटवर्क फी कहा जाता है जिसको गैस फी कहा जाता है वह जब आप ट्रांजेक्शन करेंगे तो आपको सौ दो सौ तीन सौ होकर लगेगा लेकिन इसका जो एक्चुअल है वह बारह है यानी कि जीरो इथेरियम तो यहां से आपकी ज्वाइनिंग स्टार्ट होती है इस अमाउंट से आपकी यहां पर ज्वाइनिंग कन्फर्म हो जाती है जब आपकी आईडी रजिस्टर हो जाएगी यहाँ पर जब आपकी आईडी लग जाएगी यहाँ पर फ्री रजिस्ट्रेशन का कोई ऑप्शन नहीं होता है यहाँ पर जब भी ज्वाइनिंग होती है आपको ट्रस्ट वालेट के थ्रू होता है और आपका ज्वाइनिंग पूरी आईडी एक्टिवेशन के साथ ही होता है अदरवाइज आप फ्री ज्वाइनिंग यहाँ पर नहीं कर सकते तो ये हो गए अमाउंट तो इस चीज़ को आप समझ गए होंगे जीरो पॉइंट उसको आई में कहेंगे तो बारह से चौदह सौ के आसपास ठीक है तो जैसे आपकी ज्वाइनिंग होती है आपका आई दो जगह सेट हो जाता है एक जगह यहाँ सेट हो जाता है और एक जगह यहां सेट हो जाता है दो जगह आपकी आईडी तुरंत ही वहां से निकलकर सेट हो जाएगी जो आप जब लॉगिन करेंगे तो आपको वहां पर दिख जाएगा दो जगह आपका आईडी रहेगा ये रहेगा आपको X3 और ये है आपका X4, ठीक है तो X3 में क्या है X4 में क्या है तो सबसे पहली बात तो आप सीधा समझ लीजिए एक्स जो है आपका वर्किंग है वर्किंग साइड आप जो भी काम करेंगे जो भी टीम बनाएंगे जितने लोगों को रेफर करेंगे ये सारा इनकम आपको एक्स में शो करेगा X3 में आएगा और आप सारा यहाँ पर स्लैब्स देख सकते हैं कि मेरे X3 में कितने इनकम हुई है कितने लोग हुए हैं कितना मेरा आप ग्रेडेशन से हुआ सारा इनकम आपको यहाँ पर X3 के कॉलम में शो करेगा और X4 का मतलब है ये आपका हो गया टीम वर्क यानी कि आपका टीम में जो भी वर्क होगा ये इन से इनकम यहाँ पर होगा और इसको अगर शॉर्ट में कहा जाए तो बहुत लोग अभी मार्केट में चल रहा है नॉन वर्किंग इसको नॉन वर्किंग भी बहुत लोग कहते हैं एक्चुअली नॉन वर्किंग ये वर्ड सूटेबल नहीं है लेकिन चूंकि लोगों में इतना आज के टाइम मार्केट में फेमस है जिसके कारण नॉन वर्किंग ये कहना थोड़ा सा ये होता है आसान होता है इजी समझना होता है नॉन वर्किंग का मतलब ये हो गया कि यहाँ पर जब आपकी इंट्री होती है तो आपका टीम से इंट्री आए या फिर नहीं आए डायरेक्ट या इनडायरेक्ट आए अप से आए क्रॉस लाइन से आए डाउन से आए जहाँ से भी आए आपका यहाँ पर ऑटोमेटिक आपका टीम बनता है ऑटोमेटिक आपका यहाँ पर इनकम आता है इसलिए इसको कहा जाता है नॉन वर्किंग दैट मीन टीम वर्क अब चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पर दो स्लैब्स तो ज्वाइनिंग के साथ ही आपके यहाँ पर दो स्लैप्स बढ़ गया तो आपने जो कंपनी को पेमेंट दिया था 0.05 पॉइंट वो आपको यहाँ पर वापस मिल गया दो स्लैब में दो से आपका यहाँ पर बाय हो गया ठीक है ये स्लेब्स बाय हो गया यहां पर आपका हो गया अगर आप कहेंगे तो जीरो इसका मतलब आधा ठीक है इसका आधा ये हो गया अगर रुपये में कहेंगे तो ये छह मान के चलेंगे इसका यहाँ पर स्लैब्स एक बुक हो जाता है ठीक है इसके बाद एक्स फोर का सेम वही कंडीशन है यहां भी आपका जो है यहां बुक हो जाएगा 0.025 ठीक है उसको आईन में कहेंगे तो ये भी छे सौ के आसपास हो जाता है दोनों जगह आपका यहाँ पर स्लेब्स बुक हो गया ठीक है अब बात करते हैं वर्किंग कैसे होता है सबसे बड़ी कॉन्सेप्ट तो यही होती है कि सर वर्किंग कैसे होता है मेरी यहाँ पर ज्वाइनिंग हो गई ज्वाइनिंग के बाद मेरा दो जगह स्लेब्स बुक हो गया दो जगह मेरा आई लग गया ठीक है दो जगह जो आईडी लगेगा वो आपको लॉगिन करके कर दोनों जगह आपको आईडी दिखेगा एक्स थ्री में दिखेगा एक्स फोर में दिखेगा अब बात करते हैं सबसे पहले वर्किंग की क्योंकि सबसे बड़ा बेस कंपनी का आधार होता है वर्किंग मैंने आपको पहले बताया था एक्स थ्री जो होता है वो वर्किंग का होता है एक्स आपका नॉन वर्किंग का होता है तो सबसे पहले हम एक्स का बात करते हैं तो एक्स में जैसे ही आपकी ज्वाइनिंग होती है आपका ये स्लेब्स बुक हो जाता है इसके बाद जब आप लॉग करेंगे तो आपके नीचे तीन स्लेब दिखेगा तीन तरह के ये आपको दिखेंगे सर्कल दिखेंगे जो है ये सर्कल का ठीक है तो जैसे ही बंदा पहला अब करेंगे वो बंदा यहां पर सेट हो जाएगा इस सर्कल में आ जाएगा उसको हम अगर नाम दे तो यहां ए उसका नाम दे सकते हैं मान लीजिए आपने यहां पर ज्वाइनिंग करके किसी बंदे को अपने एक्स थ्री में जोड़ा है तो ये बंदा यहाँ पर आके सेट हो जाएगा ठीक है और उसका जो 50% होता है उसका ज्वाइनिंग का 50% यानी कि 0.025, ये 50% जो मैंने आपको एन आर बताया छः सौ साढ़े छः के आसपास होता है वो आपको इंस्टेंट मिल जाएगा ठीक है और वो कहा जाता है कि यहां पर आपको 100% बेनिफिट होता है 100% इसलिए नहीं कहा जा सकता है क्योंकि इसका इसका भी दो स्लेब्स बनेगा जैसे जो बंदा ज्वाइन होगा तो इसका भी दो स्लेब्स बनेगा X3 में बनेगा X4 बनेगा तो X3 का तो आपको यहां पर सेट हो गया इसका 50% इनकम जो है तो आपको यहां पर मिल गया ठीक है तो फिफ्टी परसेंट मिल गया बाकी का जो एक्स का इसका स्लेब्स होगा वो कहाँ सेट होगा वो आप यहां पर नहीं देख सकते अगर आपके पास स्लेब्स में एलिजिबल हैं तो आपको मिलेगा अदरवाइज वो आपको अपलाइन या डाउनलाइन कहीं भी जा सकता है तो आप सीधे समझ लीजिए एक डायरेक्ट किया तो आपने यहाँ को 50% आपको तुरंत इनकम मिल गया दूसरा डायरेक्ट किया तो दूसरा में भी आपको 50% तुरंत मिल जाएगा ठीक है दोनों 50% तुरंत मिल जाता है इसके बाद तीसरा जो आप डायरेक्ट करेंगे ये जो आप डायरेक्ट करेंगे ये आपका स्पील करके चला जाता है अपलाइन को चला जाता है और ये पूरा स्लेब्स जो है फिर से खाली हो जाता है मतलब ब्लैंक हो जाएगा ठीक है जब आप वहाँ लॉग करेंगे देखेगा पूरा ब्लैंक्स हो जाएगा और यहाँ पर सर्कल में शो कर दे कितना आप सर्कल हुआ है तो कहने का मतलब है कि जितना भी आप डायरेक्ट रेफरल करेंगे हर डायरेक्ट तीसरा डायरेक्ट रेफरल आपके अपलाइन को जाएगा ठीक है तो ये देखने में लग रहा है कि मेरे अपलाइन को जा रहा है तीसरा मेरा ये बेनिफिट नहीं हो रहा है लेकिन सेम आपके साथ भी यही कंडीशन होगा सपोज कीजिए कि आपने यहां पर जाकर एक्स में सौ डायरेक्ट किए हैं तो सौ डायरेक्ट होने के बाद हर तीसरा डायरेक्ट जो जब वो बंदे काम करना स्टार्ट कर देंगे सौ लोग तो सौ लोग जो भी काम करेंगे हर तीसरा इनकम आपको इनकम आएगी तो हर डायरेक्ट से आपको इनकम होगा बहुत बड़ा इनकम हो जाता है ये तो हो गया इसका बेस रैंक इस सबसे आधार का हो गया ठीक है अब एक्स थ्री में एक और बात कर लेते हैं कि आपको यहां पर स्लेब्स बाय करना पड़ता है जैसा कि मैंने आपको पहले बताया थे एक्स थ्री आपका वर्किंग होता है तो ये, ये यहां तो उम्मीद है आप यहां पर समझ गए होंगे फर्स्ट सेकेंड थर्ड फर्स्ट सेकेंड का बेनिफिट आपको मिलता है थर्ड का बेनिफिट जो है वो आपके अपलाइन को चला जाता है फिर ये खाली हो जाएगा फिर से इधर से भरना स्टार्ट होगा वन टू थ्री ये थ्री होने के बाद पूरा खाली हो जाएगा फिर से यहां से भरना स्टार्ट हो जाएगा इसी तरह यहाँ पर ये यह रिसाइकल जो है सो बार बार होता रहेगा बार बार होता रहेगा ठीक है आपका जितना ज़्यादा डायरेक्ट होगा उतना ज़्यादा आपका बेस बनेगा और वही डायरेक्ट आगे जाकर नेक्ट आई डी को अपग्रेड करेंगे उसका बेनिफिट आपको मिलेगा फिर वही डायरेक्ट आपका जाकर यहाँ एक्स फोर में बाय करेंगे तो उसका बेनिफिट मिलेगा यानी कि आपको उनकी काम से उनकी ज्वाइनिंग से उनके स्लॉट्स बाय करने से आपको यहाँ पर डबल बेनिफिट होने वाला है तो ये है आपका X3 का ठीक है तो X3 का तीन स्लेब्स होता है जो लेफ्ट से राइट चलता है उम्मीद है इस चीज को आप समझ गए होंगे अब एक चीज को और समझिए कि जैसे आप यहां पर तीन पूरा करते हैं तो आपको नेक्स्ट स्लेप बाय करने का आपको यहां पर ऑप्शन दिख जाएगा आपको यहां पर अलर्ट दिख जाएगा कि अब आपको नेक्स्ट स्लेप्स बाय करना है तो नेक्स्ट स्लेप का यही है कि आपका जो स्लेब्स है फर्स्ट है वो आपका जीरो जो आप मैंने यहां बताया था जीरो का है सेकेंड स्लेप्स है इसका जस्ट डबल जीरो का है, तो यह तो सबसे बड़ी बात है कि तो फिर यह स्लेब्स क्यों बाय करना जरूरी है जैसे ही आपका यहां पर तीन कंप्लीट हो जाता है आपको यहां पर बाई करने के लिए इंडिकेशन आ जाएगा कि आपको यहां पर बाय करना है अदरवाइज अगर स्लेब्स नहीं बाय करेंगे तो आपने जिनको डायरेक्ट किया है चाहे आप तीन को किया हो तीस को किया हो पचास को किया हो या फिर सौ को किया है जितने लोगों को डायरेक्ट किया है वो लोग अगर आईडी को अपग्रेड करें आपने नहीं किया लेकिन वो लोगों लो ने अपग्रेड कर दिया 0.05 पॉइंट से एक्स थ्री में तो उसका जो बेनिफिट आपको मिलना था हंड्रेड जी हाँ यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ हंड्रेड की फिफ्टी की नहीं ये सारे स्लेब्स हैं और ये सारे स्लेब्स के अंदर जो इनकम आएगा वो आपको यहाँ पर हंड्रेड मिलेगा और यहाँ पर भी सेम कंडीशन होगा वन टू थ्री ये इनकम मिलेगा ये इनकम मिलेगा ये इनकम आपका फिर से रिसाइकल होकर ब्लैंक हो जाएगा फिर से आपका जो है रिसाइकल होना स्टार्ट हो जाएगा सेम कंडीशन यहाँ भी है ये मिलेगा ये मिलेगा और ये वाला जो है सो आपको अपलाइन को चला जाएगा ये फिर से खाली हो जाएगा सेम इसी तरह आपको यहाँ पर पूरा बारह स्लेब्स मिलेगा इन बारह स्लेब्स का यही है कि जब आपका टीम को कोई अपग्रेड करेगा तो आपका स्लेब्स जो है पर अगर रहेगा तो उसका बेनिफिट आपको तुरंत मिलेगा अगर आपका स्लेब्स बाय नहीं हुआ है तो वो स्कील करके आपके अपलाइन को चला जाएगा या फिर डाउनलाइन को चला जाएगा कोई कुछ नहीं कह सकता है ठीक है तो इसलिए जब आपका इंडिकेशन आपको यहां पर दे देता है कि आपका वर्क चल रहा है आपको स्लेब्स बाइक करना कंपलसरी है तो बाइक का कार्ड यहां पर दिख जाएगा आपको यहां पर बाइक कर लेना है तो जैसे जैसे काम बढ़ता चला जाएगा आपको यहां पर बाइक करते चले जाना है ठीक है बाइक करेंगे तो आपको इंडिकेशन दे देगा आप यहां पर धीरे धीरे धीरे धीरे बाइक करना स्टार्ट कर हैं अब रहेगी ज्वाइनिंग के साथ ही कुछ लोगों कैसे ज्वाइनिंग के साथ स्लेब्स बाइक कर सकते हैं 100% कर सकते हैं ज्वाइनिंग के साथ ही आप सारा सिलेबस चार छः आठ बारह जो भी करना चाहते हैं कर सकते हैं लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये वर्किंग है काम आपका होगा टीम में लोग काम करेंगे अपग्रेड करेंगे तब आपका इस सिलेबस का बेनिफिट मिलेगा अगर वो लोग अपग्रेड नहीं करते हैं आपका टीम छोटा है आपने अगर जीरो ज्वाइनिंग की है एक दो ज्वाइनिंग किया है तो ये सिलेबस नेक्स्ट में बाय करने का कोई मतलब नहीं बनता ये आप जैसे आपको वर्क करना स्टार्ट होगा तब आप सिलेबस बाय करना स्टार्ट कीजिएगा यहाँ पर आपको बेनिफिट हो जाएगा तो उम्मीद है x3 का आप समझ गए होंगे ये है x3 अब हम बात करते हैं x4 का दोस्तों ये है x4 और एक्चुअली में कहा जाए अगर वास्तव में कहा जाए तो इस कंपनी का बूम होने का सबसे बड़ा रीजन है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल कर रहा है तो वो x4 में रोल कर रहा है आप किसी भी आईडी को खोलकर देखेंगे तो जब आप चेक करेंगे तो एक्स में जो अर्निंग हुई है और एक्स में जो बंदे की अर्निंग हुई है वो देखिएगा आप यहाँ पर ट्रिपल या फोर गुना यानी कि चार गुना तक अर्निंग जो हुई है वो एक्स फोर में हुई है एक गुना तक अर्निंग एक्स थ्री में हुई है इसका क्या सिनारियो इसका क्या राज है कि यहां पर डबल ट्रिपल या चार गुना तक इनकम एक्स फोर में हो जाता है एक्स थ्री में इसका कम इनकम होता है तो मैं आपको यहां पर बताता हूँ कि एक्स में इनकम यहाँ पर डबल कैसे होता है ट्रिपल कैसे होता है और कई गुना ज्यादा क्यों होता है ठीक है तो सबसे बड़ी बात है कि पहले मैंने आपको बताया था कि ये टीम वर्क यहाँ पर आप सिंगल वर्क कर रहे हैं यहाँ पर जो आप सिंगल वर्क कर रहे हैं सिंगल जो भी आपकी डायरेक्ट है सिर्फ आपके डायरेक्ट से आपकी इनकम हो रही है अगर आपका सौ टीम है अगर आपने सौ लोगों को रेफर किया है या फिर तीन लोगों को रेफर किया है तो उन्हीं तीन लोगों से आपकी इनकम होनी है ठीक है अगर आपका सौ डायरेक्ट है तो उन्हीं सौ लोगों से आपको इनकम होना है लेकिन यहाँ पर आपको एक्सपोन में ये मामला बदल जाता है आपकी तीन हो या फिर जीरो हो या फिर तीन उससे कोई मतलब नहीं है आपका टीम का बहुत बड़ा इनकम यहाँ पर होता है चलिए हम दो स्लॉट्स होते हैं ठीक है और इन दो स्लॉट्स के नीचे फिर दो दो स्लॉट्स होते हैं ये दो दो सर्कल कही स्लॉट्स कही जो भी कही एक ही बात हुई तो यहां पर जो दो स्लॉट्स होते हैं ये जहां से भी आया इसके नीचे जो फिलअप होते हैं ये जो है दो तीन चार पाँच छः इसको जब फिलअप होता है ये आपका अपना टीम का भी बंदा हो सकता है ये आपका जो है सो अपलाइन का भी हो सकता है डाउनलाइन का भी हो सकता है क्रॉसलाइन का भी हो सकता है कहीं से भी कोई बंदा आ सकता है यहाँ पर और यहाँ पर आने के बाद वो आपको इनकम देके जाएगा कौन कौन से स्लोब्स का इनकम होता है यह मैं बता देता हूँ यहाँ पर जब कोई स्लोप्स आएगा चाहे आपका कोई अपलाइन हो डाउनलाइन हो या फिर खुद का उससे कोई मतलब नहीं यहाँ पर जो बंदा आता है वो इसका बेनिफिट आपके अपलाइन को चला जाता है फिर यहां पर जो बेनिफिट इनकम होगा उसका बेनिफिट अपलाइन को चला जाता है दैट मीन इन शॉर्ट में कहा जाए तो ये दोनों जो है सर्कल का उसका बेनिफिट आपको यहाँ पर नहीं मिलेगा ये पूरा हो जाने के बाद ये जो तीसरा सर्कल आप मान सकते हैं ये तीसरा सर्कल का बेनिफिट आपको इंस्टेंट मिल जाएगा ये अमाउंट जो भी अमाउंट रहेगा ये अगर आप ये अगर ये सर्कल आपका जीरो का है चाहे जीरो का है चाहे वन इथेरियम का है चाहे इससे आगे करेंगे जो भी सर्कल है इसका बेनिफिट आपको 100% परसेंट यहां मिलेगा फिर इसका बेनिफिट आपको 100% यहां मिलेगा दूसरा का एक मिल गया दो मिल गया तीसरा मिल गया तीसरा का आपको 100 मिलेगा। फिर आपका जो सबसे का, है, ये तो हो गया। One, का आपको नहीं मिलेगा थ्री फोर का मिलेगा फाइव का मिलेगा ये तीनों का बेनिफिट आपको मिलेगा उसके बाद यह छठा का बेनिफिट जो है चला जाता है और यह सारा स्लेब्स जो फिर से खाली हो जाता है ठीक है तो यह स्लेब्स बार बार भरेगा बार बार रिसाइकल होता रहेगा और ये इस स्लेब्स के बाद जैसा मैंने आपको पहले बताया था एक्स थ्री में सेम उसी टाइप का यहाँ भी और भी नेक्स्ट स्लोब है तो आप यहां पर ज्वाइनिंग कैसे साथ ही यहाँ पर बाई कर सकते हैं अब जनरली मैंने आपको बताया कि जो लोग एक्स्ट्रा जो इनकम करते हैं वो कैसे करते हैं बहुत सारी आईडी में आपको यहां पर मिलेगा कि बंदे ने किसी को भी रेफर नहीं किया लेकिन फिर भी उसकी एक्स फोर में इनकम हजारों डॉलर होगी वो कैसे पॉसिबल होता है पॉसिबल ये होता है कि बंदा ज्वाइनिंग के साथ ही ए तो स्लॉट्स को फ्री मिल जाता है ज्वाइनिंग के साथ ही इसके बाद का नेक्स्ट जो स्लॉप स्लॉट्स होता है जीरो का वो स्लॉट्स बाय कर लेता है फिर आगे का दो तीन चार स्लट्स स्लेब्स बाय कर लेता है मतलब कि जितना चाहे आप स्लेब्स बाय करके छोड़ सकते हैं अब यहाँ पर एक चीज समझ में नहीं कुछ लोग को हो सकता है कि सर स्लैब्स क्या होता है स्लेब्स में आपको सिंपल एग्जांपल बताना चाहूंगा स्लेब्स क्या होता है ये एक्स थ्री का स्लेब हो या फिर एक्स फोर का स्लेब्स हो आप सीधी सी बात है कि ये समझ लीजिए आपका एक घर है ठीक है ये समझ लीजिए आपका घर है और इसके नीचे जो छोटे छोटे कमरे बने हुए हैं ठीक है तीन तीन कमरे बने हुए हैं का समझना चाहेंगे तो इन तीन कमरों में जो भी रेंट रहने पर आएगा वो आपको हंड्रेड परसेंट रेंट दे के जाएगा जितना का घर है सपोज़ली कि आपका ये घर एक, एक लाख रुपए का है ठीक है आप अगर एक लाख रुपए का घर है तो इसको जो भी रहने आएगा वो प्रत्येक बार आपको इतना रेंट देकर जाएगा और हर तीसरा जो है आपके प्लान को चला जाएगा चाहे आपका छः का हो जितना भी हो अरे हर बार ये भरता रहेगा हर बार खाली होगा हर बार भरता रहेगा मतलब कि जितना ज्यादा आप यहाँ पर होम या फिर स्लैब्स ये घर खरीद कर रखेंगे उसके अंदर में जो कमरे होंगे उन कमरे में जो भी आपके यहां पर आएगी रेंट मिलेगा वो आपको बार बार मिलेगा और इस कमरे की वेलिडिटी खत्म हो जाती है इस कमरे फिर से खाली हो जाता है यहां पर छठा आने पर जैसे ही छठा आता है इस सारे कमरे फिर से खाली हो जाते हैं ठीक है और फिर से आपको भरना स्टार्ट हो जाता है तो ये सर्कल जो है सो बार बार होता रहेगा लेकिन डिपेंड करता है कि आपका ये स्लॉब्स आपका ये घर कितने का है चाहे वो 0.5 का हो या 5 का हो चाहे 1 इथेरियम का हो चाहे लास्ट जो सबसे होता है 51 इथेरियम का हो डिपेंड करता है उस पर डिपेंड करता है और ये जो है ऑटोमेटिक आपका भरता चला जाएगा तो ये दोनों चीज़ का होता है ये है एक्स थ्री और एक्स फोर एक्स फोर का मतलब जो है सो यही होता है इस तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बहुत बड़ा इनकम सिर्फ एक्स फोर में ही हो जाता है क्योंकि ज्वाइनिंग के साथ ही अगर आपने यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर दिया और अपने एक साथ जो है सो चार छः आठ दस स्लॉप बाय कर लिए तो अगर बाय करने के बाद जो भी आपके नीचे यहां पर होंगे वो आपको बार बार बेनिफिट देगा और वो जितना का स्लेप्स देगा उतना बेनिफिट आपको 100 परसेंट मिलेगा यहां पर आपका कोई डिडक्शन नहीं होता है कोई विड्रॉ की टेंशन नहीं है दूसरी कंपनियों में होती है कि कंपनी के पास पैसा जाता है कंपनी आपको विड्रॉ देता है उस विड्रो के बदले कुछ आपको एडमिन चार्ज या फिर कुछ और चार्ज के नाम पर कटते हैं तो जहाँ पर पैसा एक जगह जाता है तो वहाँ पर विडो की टेंशन होती है वहाँ पर डिडक्शन की टेंशन होती है लेकिन मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर ना कोई विडो का टेंशन है ना कोई डिडक्शन का टेंशन है जो भी स्लेब्स है वो स्लेब्स मैं अगर आपका फिलअप होता है चाहे आपका डायरेक्ट का हो अपलाइन का हो डाउनलाइन का हो क्रॉसलाइन का हो कहीं से भी हो आपके स्लेब्स यहाँ पर आने का आपको उसको हंड्रेड बेनिफिट मिलना ही मिलना है और वो सीधा आपको ट्रस्ट वाइट में होगा और ट्रस्ट वाल्ट के बाद आप वहाँ से जहाँ से चाहे विड्रो कर सकते हैं सेल कर सकते हैं या फिर ट्रेड कर सकते हैं वो आप पर डिपेंड करता है वो आपके एसेट्स है तो ये है x3 एंड x4 अब हम थोड़ा सा और डिटेल की जानकारी के लिए हम चलिए वेबसाइट पर ले चलेंगे वेबसाइट में भी बताएंगे क्योंकि ये यह यहाँ पर मैंने पेपर पेन में बताया वेबसाइट में और अच्छे तरीके से आप समझ में आएंगे और अगर आप फिर से और भी डिटेल जानकारी चाहते हैं तो आप जो यहाँ पर इसका जो जूम मीटिंग होता है तो कोशिश कीजिए कम से कम एक घंटा या डेढ़ घंटा का जूम मीटिंग कभी कभी आधा घंटा कम से कम जूम मीटिंग में जरूर बिताइए ताकि वहाँ से बहुत सारी चीज़ों को सब क्लियर हो जाता है और इस कॉन्सेप्ट के ताकत इस कॉन्सेप्ट का पूरा प्लान को वहाँ पर डिस्क्राइब किया जाता है थोड़ी सी भी डाउट्स लगे तो आप वहाँ पर क्वेश्चन भी कर सकते हैं तो चलिए वेबसाइट के ऊपर चलते हैं देख लेते हैं फिर से X3 थ्री एक्स का फिर से रिवाइज कर लेते हैं उसके बाद यहाँ पर पूरा प्लान क्लियर हो जाएगा X3 और X4 का और फिर भी अगर कोई डाउट्स रह जाती है तो आप मुझे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं मेरा कॉलिंग नंबर है एट एंड वन इस नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं बस आपको यही बताना चाहूंगा कि अगर आपने इस प्लान में इस कॉन्सेप्ट में अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया है तो मैं आपको कंफर्म के साथ बताना चाहूँगा कि आप एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी को मिस कर रहे हैं बहुत बड़ा मौका को गंवा रहे हैं इसको आप जितनी जल्दी हो सके ज्वाइन कर जाइए क्योंकि यहाँ पर आप जब देखेंगे वेबसाइट विजिट करेंगे हर दिन यहाँ से 15 से लेकर बीस हजार ज्वाइनिंग पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड से आ रही है और ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज है अगर एक साथ अगर हर दिन अगर बीस पच्चीस हज़ार आ रही सोच सकते हैं कि इस कॉन्सेप्ट में कितनी ताकत है इस कॉन्सेप्ट के ऊपर कितना लोगों को बिलीव है क्योंकि ये कॉन्सेप्ट अपने आप में यूनिक है यहां पर आपको कुछ नहीं करना है सिर्फ आपने आईडी बना दिया आपने ज्वाइनिंग कर दिया स्लैब्स बाय कर लिए जहां से इनकम आपकी बार बार होनी स्टार्ट हो जाती है और वो भी इनकम आपका ऐसे चीज में हो रहा है जो आज के टीम को फ्यूचर करेंसी कहा जाता है इथेरियम इथेरियम को बिटक्वाइन के बाद सेकेंड नंबर इसी का है और बिटक्वाइन के बारे में जो जानते हैं जो ब्लॉक टेक्नोलॉजी के बारे में जानते उसके लिए इथेरियम बताने की जरूरत नहीं है आप इसको सारा चीज देखकर कन्फर्म हो सकते हैं प्लान की डिटेल आप चेक करना चाहते हैं कहीं से भी चेक कर सकते हैं मैंने भी दो दिन चेक करने में लगा दिया तब मैं 100% वेरीफाई होने के बाद ही यहां पर मैं वर्क स्टार्ट किया और अभी तो मेरे जो इनकम है मात्र सप्ताह दिन के अंदर लगभग तीन इथेरियम के आसपास हो चुकी है आप मेरे आईडी को भी चेक कर सकते हैं तो ये है फोर्सेज के प्लान और चलिए हम आप वेबसाइट पे चलते हैं वहां पर भी देख लेते हैं दोस्तों एक्स फोर को और अच्छे से समझने के लिए यहाँ पर एक स्ट्रक्चर दिया गया है इस स्ट्रक्चर से यहाँ पर कंफर्म हो जाता है कि एक्स फोर कैसे काम करता है सबसे पहले ये आपकी ज्वाइनिंग है यहाँ पर आप आप हैं इसके बाद ये सारे स्लेब्स हैं ये सारे सर्कल हैं ये भी जो भी आएंगे चाहे आपका डायरेक्टर है या फिर इनडायरेक्टर है जहाँ से भी है इसका बेनिफिट आपके जो है सो पर अपलाइन को चला जाता है ये बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा इसके बाद ये जो है सी डी इसका बेनिफिट आपको हंड्रेड बेनिफिट जो आपको मिलता है यानी कि कह सकते हैं कि ये स्ट्रक्चर में सी और डी का जो भी बेनिफिट होगा वो आपको 100 परसेंट मिलेगा इसके बाद एप का जो फिर से बेनिफिट है वो आपके अपलाइन को चला जाता है और ये सारे स्लॉट्स जो है वो खाली हो जाते हैं तो इस स्ट्रक्चर से आप यहाँ पर कंफर्म हो सकते हैं कि एक्स कैसे काम कर सकता है अब चलिए वेबसाइट के ऊपर चलते हैं वहाँ पर हम कॉप दिखाते हैं कि एक्स एंड एक्स का स्लॉट्स किस तरह रहता है और आप वहाँ पर कैसे बाई कर सकते हैं कैसे वहाँ पर आपको इनकम मिलना है दोस्तों मैं यहां पर आ गया हूं फोर्सेज के वेबसाइट में और चलिए एक आईडी को लॉगिन कर लेते हैं कोई भी आईडी रैंडमली ले लेते हैं और जो यहां पर देखते हैं लेटेस्ट आई डी ये आपको यहां पर मिल जाएगा जो लेटेस्ट अभी चल रहा है चार लाख सतासी हज़ार चार सौ उन्नीस यानी कि टोटल आईडी डी अभी पर यहाँ पर ज्वाइनिंग हो चुकी है तो यहाँ पर चलिए एक रेंडमली हम आई ले लेते हैं चार के बाद जो ले लेते हैं कोई आई डी लॉग हैं और सबसे प्लस पॉइंट यहाँ है कि आप यहाँ पर किसी की भी आई को लॉग करके चेक कर सकते हैं किसी का भी आई रैंडमली डाल सकते हैं तो यहाँ पर मैं लेटेस्ट को आईडी ले लेता हूँ चार लाख सतासी हज़ार शायद चार सौ उन्नीस था मैं यहाँ पर चार सौ बीस डालने की कोशिश करता हूँ देखता हूँ चार सौ बीस यहाँ पर आ, एक कन्फर्म हो गया होगा ठीक है तो यहाँ पर मैं डाल देता हूँ चार सौ बीस ठीक है और यहाँ पर व्यू पर क्लिक करते हैं दोस्तों देखिए ये आई लेटेस्ट आई अभी भी ज्वाइनिंग हुआ किसी बंदे की और ये लेटेस्ट आई डी पर उसकी खुल चुकी है क्योंकि क्योंकि अभी टोटल पार्टिसिपेंट जो है देखिए चार लाख सत्तासी हजार चार सौ तेईस हुआ है अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था चार चार सौ उन्नीस था लेकिन यहाँ पर देखिए तुरंत चार इंक्रीज हो चुका है यानी कि प्रत्येक सके के अंदर प्रत्येक मिनट के अंदर यहाँ पर जो है सो बहुत सारी आईडी लग रही है तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं X3 का स्ट्रक्चर देखिए तो X3 का स्ट्रक्चर जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये यह यहाँ पर दिया हुआ इसकी इनकम आएगी इसकी आएगी और इसका इनकम जो है सो आपके अपलाइन को चला जाएगा ठीक है तो ये यह यहाँ पर होता है इसके बाद जितना बार रिसाइकल होगा ये यह आपको यहाँ शो करेगा और टोटल आपको जो डायरेक्ट रहेगी ये यह आपको यहाँ पर शो करेगा थोड़ा सा बढ़ा करके बताते हैं कि ये जो है आपका रिसाइकल जो भी होगा आपको यहाँ पर जितने बार रिसाइकल होगा यानी कि जितने बार ये सारे स्लॉट्स खाली होंगे ये यह आपको यहाँ पर शो करेगा और यहाँ जो आपको टोटल डायरेक्ट होगा ये यह यहाँ पर शो करेगा और ऊपर में भी आपको यहाँ पर टोटल डायरेक्ट शो करेगा जब आप देखेंगे तो यहाँ पर भी आपको टोटल डायरेक्ट शो करेगा ये यह यहाँ पर शो करेगा क्योंकि ये लेटेस्ट बिल्कुल करेंट आई अभी की है अभी कुछ दो मिनट पहले की है तो यहाँ पर कुछ भी इन्होंने डायरेक्ट नहीं किया ये सिर्फ आई लगी हुई है ठीक तो तो तो है है तो पर पर देख सकते हैं हैं इस तरीके से ये ये होता x3 x3 का नेक्स्ट बात करते स्लॉट होने के बाद बाइ कर निकल गया है कि यानी कि आप चाहे तो इसको बाइक कर सकते हैं लेकिन जैसे आप यहां पर एक सर्कल पूरा होता है आपका जो है इंडिकेट कर देता है कि आपको नेक्स्ट स्लॉट को बाइक कर लेना चाहिए तो आप यहां पर नेक्स्ट स्लॉट को बाइक कर लेते हैं फिर जब ये इसका एक रिसाइकल पूरा हो जाता है तो आपको यहाँ पर इंडिकेट कर देगा कि नेक्स्ट स्लॉट को आप बाई कर लीजिए फिर यहाँ पर जब ये रिसाइकल पूरा हो जाएगा तीन पूरे हो जाएंगे तो आपको स्लॉट को बाइक करना कि ये स्लॉट्स बाई कर लीजिए तो जैसे जैसे आपका काम बढ़ता चला जाएगा वैसे वैसे आप स्लॉट्स को बाई करते चले जाएंगे अगर नेक्स्ट स्लॉट को अगर आप बाय नहीं करते हैं और आपका कोई टीम का लीडर कोई बाई कर लेता है इस स्लॉट को बाय कर लेता है या फिर इस स्लॉट को बाय कर लेता है तो इसका जो बेनिफिट फिफ्ट है इसका जो बेनिफिट जीरो पॉइंट इथेरियम मिलना है और इसका जो बेनिफिट जीरो है तो इस तरह से नेक्स्ट जो भी बेनिफिट मिलने वाला है वो आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा वो आपके अपलाइन को चला जाएगा तो इसलिए लिए जैसे जैसे आपको यहां पर काम चलता चला जाएगा काम आगे बढ़ता चला जाएगा टीम वर्क करने स्टार्ट कर देगा तो ऐसे ऐसे आपको यहां पर स्लॉट्स को बाय कर लेना है तो ये इसका स्लॉट्स का इनकम होता है इसके बाद चलिए एक्स फोर का बात कर ले दोस्तों एक्स फोर में जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि इसका स्लॉट जो है जैसे आपकी ज्वाइनिंग होती है ये स्लॉट्स आपका ऑटोमेटिक बाय हो जाता है यहां पर आपको कुछ नहीं करना है अगर ये स्लॉट्स बाय होने के बाद आपके ज्वाइनिंग कुछ भी काम नहीं करते तो आपको सिर्फ और इसी स्लॉट्स का इनकम मिलेगा जो भी यहां पर इनकम को फील होगा वो आपको इनकम मिलेगा तो यहां पर मैंने आपको पहले बताया था कि ये जो ऊपर के दो स्लॉट्स हैं उसका बेनिफिट आपको अपलाइन को चला जाता है उसका बेनिफिट आपको नहीं मिलता इसके बाद ये वाला का बेनिफिट मिलता है इसका मिलता है इसका मिलता है छठा का फिर से आपको अपलाइन का चला जाता है तो दोस्तों इस तरीके से क्लियर है कि आपको जो बेनिफिट मिलता है एक्स फोर में इस स्लॉट का मिलता है इसका मिलता है इसका मिलता है यानी कि तीन का मिलता है बाकी जो है ये दोनों और ये जो सबसे लास्ट छठा यह चला जाता है अपलाइन को चला जाता है और ये फिर से खाली हो जाता है जितनी बार ये खाली होगा उतनी बार यहां पर रिसाइकल आपको दिखाएगा ये आप यहाँ पर रिसाइकिल कितनी बार ये रिसाइकल हुआ है और इस इनकम के थ्रू कितने लोग आए हैं ये आपको सारा चीज दिखाएगा ठीक है तो आप यहां पर देख सकते हैं जैसे आप यहाँ पर ज्वाइनिंग लेते हैं तो मैंने आपको बताया था कि कुछ बंदे ऐसे लीडर होते हैं जो इन्वेस्टमेंट के साथ यहाँ पर आइडिया लाकर छोड़ देते हैं इन्वेस्टमेंट दैट मीन वो स्लॉट्स कुछ स्लॉट दो चार छह स्लॉट्स यहाँ पर बाइक कर लेते हैं बाय करके छोड़ देते हैं जब वहां पर करके छोड़ देंगे तो उसके नीचे ऑटोमेटिक टीम के मेम्बर अपलाइन से डाउन से क्रॉस लाइन से ऑटोमेटिक सेट होते जला जाएंगे तो ये जो ऑटोमेटिक आपको इनकम मिलना स्टार्ट हो जाता है तो ये सारे सिस्टम तो पर ट्रस्ट है आप थोड़ा आप कर देते हैं, तो कम से कम चार या के छोड़ देंगे, तो आपको यहां पर इनकम मिलना स्टार्ट हो जाएगा और ये सारे जो हैं, ये सारे भरने स्टार्ट हो जाएंगे और जब यह स्लब्स भरने स्टार्ट हो जाएंगे तो आपका इनकम यहां से आना स्टार्ट हो जाएगा और यह ऑटोमेटिक आपको हर बार इनकम आता है बार बार इनकम आता है और इसमें में आपको इतना बड़ा इनकम आता है जितना कि आप कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, जितना कि आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते और आपका टीम जीरो भी है और अगर आपने बार बार मिलने वाला है तो यह है एक्स फोर का सिस्टम दोस्तों आप उम्मीद है एक्स थ्री एक्स फोर को समझ के होंगे मैं एक आई डी को खोलकर दिखा देता हूँ दोस्तों आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट में एक आईडी देख रहे हैं आईडी का नंबर एक नोट कर लीजिएगा 52182 आप इसको आई डी को खुद से जाकर लॉगिन कर सकते हैं खुद से जाकर चेक कर सकते हैं इस आईडी में देखिए इस बंदे ने जीरो ज्वाइनिंग किया है एक भी डायरेक्ट रेफर नहीं किया हुआ आप यहाँ पर इसका इनकम देख सकते हैं बारह डॉलर यानी कि बावन इथेदीम के आसपास यहाँ पर देख सकते हैं जो आप खुद से आईन में कैलकुलेट कर लीजिएगा कितना रुपीस होता है जो यहाँ पर बताया गया है लाख पैंतालीस हजार रुपये का इनकम होता है बिना काम किए हुए बिना ज्वाइनिंग के तो आप इस आईडी को एक बार काइंडली जाकर चेक कर लीजिएगा फोरसेज के साइट में जब विजिट करेंगे गूगल में टाइप कीजिएगा डब्ल्यू डॉट फोरसेज डॉट आई ओ ये साइट टाइप कीजिएगा और टाइप करके यहां पर फोर्सेट के साइट में लॉग कीजिएगा और लॉग करने के बलो ये वाला आई डी देकर आप लॉग करके चेक कर सकते हैं कि इस बंदे ने आखिर काम कैसे किया कितने स्लॉट्स बाय किए कब ज्वाइनिंग किया और कितने कितने इसको इनकम हुए किस किस डेट में कितने इनकम हुए वो सारे डिटेल आपको यहाँ पर देख जाएगा तो ऐसे बहुत सारे आईडी दोस्तों वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी लेकिन ऐसे बहुत सारे आईडी हैं जो आईडी में बंदे ने सिर्फ एक ज्वाइनिंग किया या जीरो ज्वाइनिंग किया दो चार ज्वाइनिंग किया उसके बाद स्लॉट्स को बाइक छोड़ दिया और आज उसकी इनकम लाखों डॉलर में करोड़ रुपए में है तो, तो दोस्तों फोर्सिज बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो इंस्टेंट अभी जाकर ज्वाइन कीजिए और डिटेल जानकारी के लिए आप मुझे कॉल कर सकते हैं ताकि मैं आपको सारी चीज़ों से अवगत करा सकूं और कोई भी चीज़ आपके मन में डाउट न रहे आप पूरे अपने तरीके से रिसर्च कर लिए रिसर्च करने के बाद आप काम करना स्टार्ट कर दीजिए थैंक यू दोस्तों उम्मीद है वीडियो पसंद आया अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बने रही हमारे चैनल के साथ क्योंकि यहाँ पर ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटेड सारी टिप्स एंड टिक्स की जानकारी आपको यहाँ पर टाइम टू टाइम मिलती रहती है थैंक यू दोस्तों टेक केयर बाय बाय जही